तो आज हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन इसका सिलेक्शन स्पेशल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं आप होम मेनुबान में, में फाइनेंस में गो टू स्पेशल आता है तो इसके बारे में जानिए क्या होता है बेसिकली ये डेटा सेलेक्ट करने का काम आता है मान लीजिए कि मैंने कहीं कहीं पे ब्लैंक लिख रखा है तो आपको ब्लैंक सेलेक्ट करना है तो एक एक करके आप इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से तो काफी टाइम कंज्यूम होगा काफी टाइम कंज्यूम होगा तो मैं वन बाय वन सेलेक्ट ना करके मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक जितना ब्लैंक है वो सिलेक्ट हो, हो जाए तो डेटा को सेलेक्ट कीजिए हालांकि डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है बना सेलेक्ट भी कर सकते हैं बोर्ड तो स्पेशल में जाएंगे और यहां ब्लैंक भी क्लिक करेंगे ओके करेंगे आपका जो ब्लैंक है ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएगा तो आप इसमें कुछ भी कर सकते कुछ भी फॉर्मला लगा सकते जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं अब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, तो सिर्फ इसमें जो है टाइप हुआ फिर कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर मानूंगा जितना सिलेक्टेड है सब पे कॉपी पेस्ट कर देगा तो कंट्रोल एंटर क्या फंडा है इसको एक बार जान लिया जैसे हमने एक एरिया को सिलेक्ट किया कोई तो सिलेक्शन के अंदर भी आप जो है टाइप कर सकते हो लेकिन नॉर्मल एंटर मारोगे तो नीचे की तरफ या जो भी नेक्स्ट सिलेक्टेड सेल है उसके तरफ चला जाता है यहां पे मैं सिलेक्शन की जगह पे कंट्रोल एंटर दे कंट्रोल एंटर समय कंट्रोल एंटर पेश कीजिए तो कॉपी करके जितना सिलेक्टेड है उस बाद मान लीजिए कि कहीं कहीं पे मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है मैं कहीं कहीं फॉर्मूला लगा है अब मुझे फॉर्मूले वाले सेल को हाईलाइट करना है या कलर करना है तो आपको एक एक जाके चेक करोगी कहां पे फॉर्मूला लगा है तो पता चलेगा ऐसे तो पता चलने वाला है नहीं yes. तो यहां हम फाइनेंस एंड में गो टू स्पेशन में आते हैं और गो टू स्पेशन में देखिए यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूला और फॉर्मूला में आप इसको ओके okay कर दीजिए तो जितने फॉर्मूले वाले सेल है वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे तो फॉर्मूले वाले सेल सारे के सारे आपको सिलेक्ट कर दिया अब इस पर कलर करना है कुछ और करना है करना है मान लीजिए फॉर्मूला ही है तो कुछ फॉर्मूले में एरर है या कुछ फॉर्मूले में रिजल्ट ट्रू दिया हुआ है तो आप जो है फाइन एंड सिलेक्ट के अंदर में गो टू स्पेशल में जब फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे या ऑप्शंस है कि कौन से रिजल्ट वाले फार्मूला सेलेक्ट करना है जिसका रिजल्ट टेक्स्ट है या ट्रू फॉल्स है या एरर है तो अगर मान लीजिए कि मैं नंबर हटा देता हूं टेक्स्ट हटा देता हूं लॉजिकल और एरर छोड़ देता हूं तो ट्रू और ए वाली एरर जो है वो सिलेक्ट करेगा। उसी तरह से आ, यहां पे आप जो है शॉर्ट फाइनल शॉर्ट पे गो टू तो स्पेशल में आप यहां कंटेंट्स कंटेंट्स मतलब हुआ कि फॉर्मूला के अलावा जो मैनुअली टाइप है उसको हाईलाइट करना जो फॉर्मूला के में है उसको हाईलाइट करना जैसे कि नंबर वाले जितने भी है उनको हाईलाइट सिलेक्ट करना है या टेक्स्ट वाले या लॉजिकल वाले फॉर्मूले के बगैर जो है उसको हाईलाइट करेगा नहीं है नहीं होगा तो दिखा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो ब्लैंक बात करती दी रीजन आप जो कंट्रोल ए करते हैं करेंट रीजन को सेलेक्ट सेलेक्ट करता है। है है। है। अब बात करते इसमें आता है आप करते हैं हैं, आता एरे। एरे एरे आप तो आपका नो no आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने array, array नहीं किया। array जिसमें वो आगे चलकर सीखेंगे, जिस में लगा होता यहां पर और मैं देखूंगा एरर कहां कहां है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एरर्स माफ कीजिए इससे प्रोग्रामिंग लगा हुआ है कि डबल क्लिक करने पे न्यू ड्रिल टाइप हो जाएगा तो गलती है इसके बाद इसमें अगर हम गो टू स्पेशल में आते हैं तो ऑब्जेक्ट बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह है उसको डिलीट करना चाहते हैं है? यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका होता है रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस इसी तरह यूज किया जाता है इस आगे बताऊंगा लास्ट सेल लास्ट सेल को सिलेक्ट करेगा विजुअल सेल्स ओनली या कंडीशन वोमिटिंग लगा हुआ है विजुअल सेल्स को एक बार मैं बताता हूं अलग अलग से आपको कि मान लीजिए कि आप फिल्टर लगाते हैं लिविंग तो तो थिंग मान लीजिए कि इसमें से हम जो है राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं। हाइट कर दे। अब मान लीजिए मैं इसको कॉपी करता हूं तो ये पीछे का डेटा भी पेस्ट कर देगा इसलिए हम जो है यहां इसको कॉपी पेस्ट करने से पहले कंट्रोल जी करेंगे एस्पेशल में जाएंगे तो कंट्रोल जी से भी आप फा गो टू स्पेशल पे आ सकते हैं और यहाँ देंगे विजुअल सेल्स ओनली जो सेल विजुअल है उसी को सेलेक्ट करेगा एंड कॉपी करके पेस्ट करेगा जो पीछे का सेल है जो हिडन सेल है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेगा गो टू स्पेशल आई थिंक आ गया होगा ये समझा नहीं क्या ये ये ये वापस बताएंगे क्या समझा नहीं मुझे जो था आप इसको नॉर्मल कॉपी करेंगे ना पेस्ट करेंगे तो पूरा पेस्ट होगा जो हिडेड हाँ। है वो भी कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा ओके। मैं चाहता हूँ नहीं नहीं जो हिडेन है वो पेस्ट ना हो जो हुँ। है वो पेस्ट हो जैसे कि अगर आप आगे चल के फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो फिल्टर इस्तेमाल करेंगे एक इस या नहीं है कोई डेटा वाली फाइल ओपन करता हूँ मैं सीज़न तो यहाँ मैंने फिल्टर लगाया फिल्टर लगा के हमने यहाँ पे ऑनलाइन क्लास सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ अब जो है सिर्फ ऑनलाइन का डेटा दिख रहा है बाकी डेटा नहीं दिखेगा ऑनलाइन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ हम सिर्फ कविता का डेटा देख रहे हैं तो ऑनलाइन में भी कविता का डेटा दिख रहा है उसमें भी मैं प्रोडक्ट में मात्र डीवीडी और रैम को सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहां पे प्रोडक्ट डीवीडी और रैम दिख रहा है उसके बाद यहां पे मंथ जो है हम यहां हमने जैन सेलेक्ट कर लिया तो यहां आप जैन का डेटा आ रहा है तो जो मुझे चाहिए कि ऑनलाइन में कविता डीवीडी और रैम जनवरी महीने की डेटा हमने बड़े डेटा से फिल्टर कर दिया ठीक है अब मुझे अब देखिये यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे रो हाइड है है है है है तो जब कॉपी का ऐसे जनरली तो प्रॉब्लम होती है लेकिन जब हम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया कॉपी अभी इसलिए सिलेक्ट हो रहा है ना पीछे का डेटा जो है कॉपी कॉपी पेस्ट हो जाता है इसलिए सिलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते है? में सेल्स लेते हैं, ताकि हम हो जाते हैं कि हमारा, है, हमारा, है, हमारा बैकग्राउंड का सेल सिलेक्शन नहीं है और कॉपी करके हम इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते है। सर, इसका एक, आ, ये भी है ना शॉर्टकट भी है ना होता है ना जी हाँ हो सकता है सर वो नोट्स भी है में वो क्या है सर उसमें नोट्स, नोट्स का भी कुछ था ना स्पेशल जो है ना नोट्स नोट है आप कमेंट देते हो ना वो कमेंट को सिलेक्ट करेगा ठीक है तो गो हमने आपके साथ किया। और जो यूट्यूब पे हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले जहाँ पे आपको मेरी पूरी सिक्वेंस वीडियोज मिलेगी और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे साथ व्हाट्सएप पे या फिर मेरे ऐप के चैट पे मुझसे बातचीत कर सकते हैं थैंक यू